हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे तो ये थर्ड पार्ट है हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैंडल क्या होती है उसके पीछे के इमोशंस और साइकोलॉजी को हमने देखा था और कैंडलस्टिक की बॉडी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था तो इस पार्ट में हम कैंडल के टाइप्स क्या होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कैंडल के अलग अलग टाइप्स होते हैं मतलब जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो बेसिक कैंडल का बॉडी होता है मतलब ये स्ट्रक्चर है तो ये छोटा मोटा इसमें बॉडी छोटी हो सकती है शेडो बड़ी हो सकती है ऐसे भी होता है तो चलिए मैं आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ कि कैंडलस्टिक के अलग अलग शेप कैसे हो सकते हैं तो फिलहाल अभी हम वन मिनट चार्ट के ऊपर है तो आप देख सकते हो लाइव चार्ट पे कैसे कैंडल की बॉडी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर ओपन कैंडल एक जगह पर होती है जो ग्रीन बॉडी होती है वो नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है और जो रेड बॉडी होती है जो बेरिश कैंडल है वो ऊपर की तरफ ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है ओके तो जैसे आप देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग नीचे हो गया ओपन प्राइस हम बोल सकते हैं 9628 था इसका हाई प्राइस अभी 9639 है देखो शेडो आप देख रहे हो वो हाई प्राइस हो सकता है उसका जो कैंडल का टॉप है वो हाई प्राइस होता है जो अभी करंट चल रहा है वो इसका क्लोज हो सकता है क्लोजिंग कब आएगा जब ये जो मिनट है ये खत्म हो जाएगा मतलब नाइनटीन को ये सात मिनट को यह कैंडल स्टार्ट हुआ सात बज के चौतीस मिनट पर यहाँ पर नया कैंडल देखो नया कैंडल स्टार्ट हो गया अभी कैंडलस्टिक स्टिक एक मिनट वन मिनट पर भी, भी हो सकती है वन आवर पे भी हो सकती है मतलब एक कैंडलस्टिक स्टिक एक घंटे की हो गई यहाँ पे अगर हम फोर आवर चार्ट पे गए तो एक कैंडलस्टिक मतलब फोर आवर्स ये फोर आवर्स ये फोर आवर्स फोर आवर्स होने के बाद ये कैंडल क्लोज़ हो जाएगी और नई कैंडल स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो वीकली भी हो सकती है डेली भी हो सकती है तो ये करंट वीक की कैंडल है ये लास्ट वीक की कैंडल है आगे की नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगी जैसे आप नीचे देख डेट देख रहे हो 18th मे को नया कैंडल स्टार्ट होगा एक कैंडल का सेशन उसका टाइम फ्रेम पे डिपेंड होता है तो चलिए देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं कैंडल के उसके शेप के हिसाब से तो फर्स्ट हमारा टाइप है मारू बोजू कैंडल तो मारू बोजू कैंडल किस बोल सकते हैं जिसमें वीक नहीं होती मतलब जिसमें शेडो बिल्कुल नहीं होती कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ पे है क्लोज प्राइस ऊपर है और वही जो ओपन प्राइस है वही उसका लोएस्ट प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है वही उसका हाईएस्ट प्राइस है और जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस है वो कितना कैंडलस्टिक ऊपर नीचे करती है उसके ऊपर वो डिसाइड होती है तो मारू बोजू कैंडल का जो है इंडिकेशन वो है डोमिनस इसका मीनिंग होता है मतलब जब भी आप मारू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो बुलिश है या बेरिश है जो ग्रीन कैंडल है वो बुलिश इंडिकेशन देती है और जो रेड कैंडल है वो बेरिश इंडिकेशन देती है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बुल्स जो है वो इस सेशन को डोमिनेट कर रहे थे और रेड कैंडल अगर मारुबोज़ू रेड है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड है यहाँ पे और बेर्स जो है वो मार्केट सेशन डोमिनेट कर रहे वो फुल पावर लगा रहे यहाँ पर तो मारू कैंडल का कंडीशन क्या है कि इसमें शेडो नहीं होगी और ये क्या दर्शाती है मार्केट डोमिनस चलिए मैं आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में मारू बोजू दिखाता हूँ यहाँ पे मुझे एक मारू मिल गई है ओके तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि पहले के चार जो सेशंस थे वहां पे बुल्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे थे लेकिन जब एक मारू आ गई तो मारू आने के बाद आप देखोगे इसमें शेडो नहीं है जो बैर्स से है वो सेशन डोमिनेट कर रही है तो मारू का मीनिंग क्या होता है इसके बाद बैर्स जो है वो डोमिनेट करेंगे आगे के जो भी सेशंस है तो यहाँ पे आप देखो प्राइस ये कैंडल क्लोज होने के बाद भी दो सेशंस तक आठ घंटे तक प्राइस गिरता रहा अभी बैर्स डोमिनेट कर रहे हैं ये सेशन आगे के ओके नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप इसको स्पिनिंग टॉप नाम क्यों दिया होगा आपको इसके शेप के ऊपर पता चल जाएगा तो स्पिनिंग टॉप कैसे पहचाने है? हम कोई भी कैंडल स्पिनिंग टॉप है इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि कैंडल की बॉडी अगर छोटी है और उसकी शेडो अगर ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल है उसके बॉडी के शेप से नीचे और ऊपर देखिए आप ये ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स है टू टाइम्स है हम बोल सकते हैं कि ये स्पिनिंग टॉप है स्पिनिंग टॉप ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है स्पिनिंग टॉप इंडिकेट क्या करता है बेसिकली तो स्पिनिंग टॉप मार्केट रिवर्सल दिखाता है अगर कोई स्पिनिंग टॉप आ रहा है यहाँ पर तो आप बोल सकते हो कि मार्केट में बुल्स भी प्राइस को खींच रहे ऊपर और पैर्स भी प्राइस को नीचे की तरफ खींच रहे और मार्केट में इनडिसीजन है ऐसे टाइम पे बड़े टाइम फ्रेम पर यूजअली ट्रेड्स नहीं लेते क्योंकि मार्केट में इन है तो मार्केट नीचे जाने वाला है ऊपर जाने वाला है पता नहीं चलता बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे वन डे है वन वीक है चलिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कैसे दिखता है स्पिनिंग टॉप तो यहाँ पर मुझे एक स्पिनिंग टॉप दिख रही है देखो यहाँ पे क्या हो गया फोर आवर चार्ट के ऊपर है हम तो ये सारे फोर आवर के सेशन बुल्स डोमिनेट कर रहे थे यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप आ गया स्पिनिंग टॉप आने के बाद प्राइस रिवर्स हो गया ओके okay? तो जैसे आप देख रहे हो स्पिनिंग टॉप जो है मार्केट रिवर्सल भी इंडिकेटेड करता है तो नेक्स्ट टाइप है हमारा डोजी कैंडल्स डोजी कैंडल किसको बोल सकते हैं कि जिसमें बॉडी नहीं होती देखिए यहाँ पे आप दिख रहे आपको दिख रहा है कि बॉडी इसमें बिल्कुल नहीं है सिर्फ अपर शेडो है लोअर शेडो है राइट right? तो डोजीज तीन टाइप की यहाँ पे मुझे दिख रही है तो ये जो है ये सिमेट्रिकल डोजी है जो रिवर्सल पैटर्न दिखाने का काम करती है देखिए जैसे जैसे आपको स्पिनिंग टॉप मैंने दिखाया था कि जिसमें मार्केट में इनडिसजन होता है प्राइस ऊपर भी नहीं जाती है नीचे भी नहीं जाती है और वहाँ पे रिवर्सल हो सकता है ट्रेंड में तो ये टाइप की डोजी अगर आप देखते हो तो ऐसे टाइम पे आप समझ लो कि मार्केट रिवर्स होने वाला है जो बहरिश ट्रेंड अगर वो होगा तो वो बुलिश हो सकता है और बुलिश ट्रेंड है तो वो बहरिश हो सकता है ये जो है इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी ड्रैगनफ्लाई इसको नाम मिला है क्योंकि ड्रैगनफ्लाई नाम का वो जो इंसेक्ट होता है उसके जैसा ये उसकी बॉडी और उसका टेल जो होती है वो बड़ी होती है ना तो हमको नाम में इंटरेस्ट नहीं है देखिए ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे ड्रैगनफ्लाई फ्लाई डोजी में ऊपर की तरफ आप एक आड़ी लाइन देख रहे हो नीचे की तरफ आपको फुल शेडो दिख रही है तो इस केस में ऊपर की शेडो है ही नहीं राइट तो इसमें क्या हो गया प्राइस नीचे गिर रही थी यहाँ से और फिर एकदम से बुल्स ने जोर लगाया प्राइस पूरा ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो गई तो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या दिखाता है बुलिश डोमिनेंस दिखाता है मार्केट का तीसरा है ग्रेवस्टोन डोजी में आप देख सकते हो कि इसमें अपर शेडो बहुत बड़ा है उसमें लोअर शेडो है ही नहीं तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और बुल्स ने फुल जोर लगाया ऊपर की तरफ प्राइस इस ऊपर की तरफ चली गई और फिर क्या हो एकदम से धड़ाम से प्राइस गिर गई और जहाँ पे ओपन हुई थी वहाँ प्राइ, प्राइस क्लोज हो गई ग्रेवस्टोन डोजी क्या दिखाता है बेरिश डोमिनेंस दिखाता है कि मार्केट में बेरस अभी फुल एक्टिव है चलिए मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर तीनों टाइप्स दिखा देता हूँ तो देखिए अभी मैं वन मिनट चार्ट के ऊपर हूँ यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये फुल बेर यहाँ पे डोमिनेट कर रहे डोमिनेट कर रहे ये सेशन और फिर क्या हो गया एक डोजी आ गई और उसके बाद प्राइस रिवर्स हो गया तो यहाँ पे आप फुल बॉडी देख सकते हो ग्रीन रेड ग्रीन रेड है लेकिन एक डोजी आने के बाद मार्केट की प्राइस रिवर्स हो गई तो ये डोजी जो है ये मार्केट रिवर्सल दिखाने का काम करती है तो ये देखिए यहाँ पे मुझे एक ग्रेवस्टोन डोजी दिख रही है राइट यहाँ पे क्या हो गया बुल्स ये सेशन डोमिनेट कर रहे थे प्राइस ऊपर की तरफ ले जा रहे थे लेकिन एक ग्रेव डोजी आ गया और फुल प्राइस बेरिश हो गया देखिए पूरा कैंडल रिवर्स करके प्राइस नीचे की तरफ चला गया तोगला हमारा टाइप है हैमर है या शूटिंग स्टार कैंडल इसको बोलते हैं तो हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप शेप इसका देख सकते हो इसका शेप हैमर जैसा है हैंडल इसकी शेडो को इंडिकेट कर रहा है इसलिए इसको हैमर कैंडल बोलते हैं या शूटिंग स्टार भी बोलते हैं शूटिंग स्टार इसलिए क्योंकि आकाश पर जो शूटिंग स्टार दिखता है जिसकी लंबी टेल होती है वैसे ये दिखता है इसलिए इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं तो हैमर कैंडल को हम कैसे पहचानेंगे अगर इसकी शेडो जो है वो उसकी बॉडी के ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल है तो हम बोलेंगे उसको हैमर कैंडल ओके तो हैमर कैंडल जो है वो रिवर्सल कैंडल है मतलब अगर प्राइस नीचे की तरफ़ गिर रही है अगर बेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं और उसके बाद एक हैमर कैंडल आती है ना सिंगल हैमर कैंडल और फिर समझ लीजिए कि ये रिवर्सल हो सकता है और प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है चलिए आपको मैं लाइव चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ ये तो चार्ट्स के ऊपर देखिए यहाँ पे यहाँ पर एक मुझे हैमर कैंडल दिख रही है तो ये अगर आप देखोगे हैमर कैंडल तो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड था मतलब ऑलमोस्ट सेवन टू एट सेशन बेअर्स डोमिनेट कर रहे थे उसके बाद एक हैमर कैंडल आई और प्राइस फुल बुलिश हो गई देखो रिवर्सल पैटर्न हो गया ना ट्रेंड रिवर्स हो गया यहाँ पे जो बेरिश ट्रेंड था वो रिवर्स होके बुलिश हो गया यहाँ पर भी थोड़ा खिंचाव था पहले लेकिन एक हैमर आने के बाद कन्फर्म अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो ऐसे हैमर इंडिकेट करता है ट्रेंड चेंज और ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है अगला जो हमारा टाइप है वो इन्वर्टेड हैमर है शेप देख के आप बोल सकते हो इस केस में क्या होता है नीचे की बॉडी बड़ी होती है और ऊपर की जो शेडो है वो ऊपर के साइड में लंबी होती है ओके तो इसका मीनिंग क्या होता है ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है मतलब प्राइस फुल ऊपर की तरफ बढ़ रही थी उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर आ गई और प्राइस फिर ट्रेंड चेंज हो गया और प्राइस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गई तो ये जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर टाइप की ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न इंडिकेट करता है मतलब मार्केट में बेरिश ट्रेंड अभी स्टार्ट होने वाला है उसका ये इंडिकेशन है चलिए ये भी आपको मैं लाइव सेशन में दिखा देता हूँ देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर है इन्वर्टेड शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा था यहाँ पर लेकिन एक सिंगल कैंडल जो रिवर्स हैमर है वो यहाँ पर आप देख सकते हो और उसके बाद प्राइस ट्रेंड चेंज हो गया प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया तो ये बेरिश रिवर्सल हो गया ओके एक्चुअली ये जो कैंडल्स है अलग अलग शेप्स की ये बड़े टाइम फ्रेम पर ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है मतलब वन डे के ऊपर हो गया वन वीक के ऊपर वन मंथ के ऊपर तो इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो बाकी बेसिक टाइप्स तो इतने ही है नेक्स्ट पार्ट में हम कैंडल स्टिक देखेंगे कि कैसे कैसे दो तीन कैंडल स्टिक्स एक साथ आने के बाद मार्केट रिवर्सल दिखा सकती है या फिर और, और कुछ इंडिकेट भी करती है ट्रेंड वगैरह तो वह उस पार्ट में देखेंगे बाकी आप फॉलो करते रहिए कोर्स टेक केयर सी यू अगेन